श्री बालाजी दरबार सेवा परिवार में आपका स्वागत है जैसा अभी आप देख रहे हैं कि पांच दिवस त्योहार महोत्सव चलता है जिसमें सबसे पहले धनतेरस छोटी दिवाली दीपावली उसके भैया दोज और गोवर्धन इत्यादि ये पर्व मनाए जाते हैं मुख्यतः दीपावली के पर्व में हमें एक संशय हो रहा है कि हम लोग महालक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा अपने अपने घरों में पूजन के लिए लाते हैं और उनको किस रूप में कहाँ रखना चाहिए इसमें बहुत बड़ा संशय होता है क्योंकि गणेश जी प्रथम देव माने गए हैं प्रथम पूजा गणेश जी की होती है वो तो ठीक है लेकिन महालक्ष्मी हमेशा गणेश भगवान के दाएं हाथ सीधे हाथ पे रखी जाएंगी और बाएं हाथ पे गणपति भगवान होंगे और वीर प्रश्न उठता है कि गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है तो शास्त्र में अब तक कथाओं के अंदर ये विचार आता है और कहा भी गया है कि गणपति भगवान को जिस समय भोले बाबा ने और सभी देव देवताओं ने प्रथम देव के रूप में माना है और आशीर्वाद दिया कि ये सबसे प्रथम आपकी पूजा होगी दूसरा दंद कथाओं में आता है कि ये माँ के मानस पुत्र भी हैं और कई कई कथाओं में वर्णन आता है कि विष्णु भगवान देवोत्नी कास्सी के समय ही उनको उठाया गया था उसके बाद वो उससे पहले उस पर अपनी योग साधना में चले गए थे तो महालक्ष्मी को अकेले पूजा ना करके फिर गणपति भगवान को साथ में एक मानस पुत्र के रूप में उनको साथ पूजा की जाती है और हमेशा वस्तु ध्यान रखें कि हमेशा माँ लक्ष्मी को सीधे हाथ पर और गणपति भगवान को उल्टे हाथ पर जहाँ भी आपको विराज करना है और दूसरा कहा गया है कि हम लोग जो घर में मंदिरों में पूजा करते हैं अब जैसे एक भी है कि ग्रहण आ रहा है ग्रहण के समय वहाँ कैसे रखें? इसमें कहते हैं कि जो सूर्य ग्रहण एक पातक के रूप में होता है जिसका लगभग 10 घंटे पहले पाता लग जाता है तो आप लोग जो पूजन करें पूजन की प्रतिमा जहाँ भी आपने मंदिर में पूजन किया वो यथा स्थान पर छोड़ दें उसके बाद जिस समय ग्रहण काल पूर्ण होगा सयकाल में उस समय आप सब गंगाजल जल छिड़के उसके बाद वो स्थान को जैसा आपको सफाई करनी है या छूना है उसके बाद छूए उस बीच उस मूर्ति को उन प्रतिमाओं को जो आपने भोजन प्रसाद या जो भी रखा हुआ है उसे उस समय ना छुएं जय श्री बालाजी महाराज और दीपावली का पर्व आप सबके लिए शुभ हो ऐसी शिव बाला दरबार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएँ